भोपाल में आर्बी साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया ये कार्यशाला फार्मेसी के छात्रों के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए रखी गई थी जिसमें विभिन्न जिलों से कॉलेज के शिक्षक और छात्र शामिल हुए आर्बी साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी विषय आरोप एक दिवसीय प्रायोगिक कार्यशाला का आयोजन किया कार्यशाला में राजस्व डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई से आए मुख्य अतिथि और मुख्य मेंटल साइंटिस्ट डॉक्टर सी एस सैंथिल कुमार ने आर्मी साइंस के संस्थापक डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने बताया की ऐसी प्रायोगिक कार्यशाला छात्रों को किसी भी तकनीक के समस्त पहलुओं से अच्छी तरह अवगत कराने के लिए बहुत आवश्यक है इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश से सौ छात्रों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया है आज हमने एक दिन का वर्कशॉप रखा हुआ है जिसमें कि तमिलनाडु से एक साइंटिस्ट आए हैं जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बता रहे हैं आरबी साइंस बेसिकली फोकस करता है कि हम लोग प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखा पाएँ क्योंकि देखा जाए तो अभी कॉलेजेज में ऐसा हो रहा है कि हम थ्योरी तो सीख पा रहे हैं बट फार्मेसी जो एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स uh, है जिसमें कि यदि हम प्रैक्टिकल्स नहीं सीखेंगे तो आगे जाके वो अच्छा फार्मासिस्ट नहीं पन, बन पाएगा तो बेसिकली जो आरबी साइंस है वो फोकस कर रहा है कि अच्छे से रिसर्च हो पाए प्लस हम अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट्स uh, uh, को हैंडल करना सिखा पाएँ और प्रैक्टिकली वो अच्छे से डीपली सीख पाए और कोविड के बीच में तो अभी ऐसा हुआ है कि बच्चा uh, लैब से बहुत दूर हो गया है तो हम लोग uh, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा किसी तरह तो लैब से अटैच्ड हो और अपना थोड़ा सा आउटपुट दे सके आज बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट किया हमने कि एक नॉर्मल सी पालक स्पेनिश कहते हैं जिसे हमें उसमें कितने सारे कंपाउंड्स होते हैं हमने बच्चों को वो कंपाउंड सेपरेट करके दिखाया थीन लेर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा और उनके डिफरेंट फ्रैक्शन सेपरेट करके दिखाए कॉलम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा तो इससे बच्चों ने ये सीखा कि एक सिंपल सी पालक में कितने कम्पोनेंट्स होते हैं इसी तरह ड्रग डेवलपमेंट किया जाता है हर पेड़ में कुछ ना कुछ मेडिसनल प्रॉपर्टी होती है लेकिन वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी किसी एक कम्पाउंड में होती है तो उसको सेपरेट करके हमने आज बच्चों को डेमो दिया आरबी साइंसेस ने बहुत अच्छी पहल की है जिससे बच्चों को कम से कम ये टेक्निक सीखने मिल रही है अदरवाइज बच्चा एम फॉर्म पढ़ के निकल जाता है उसको इस टेक्निक से ज़्यादा एक्सपोजर होता है वहीं इस दौरान छतरपुर से आए शिक्षक और छात्रों ने आरबी साइंस की जमकर तारीफ की उन्होंने कहा आरबी साइंस एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे सभी तरह की मशीनों का उपयोग कर पूरी जानकारी ले सकते हैं हर एक केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझा जा सकता है वहीं सह संस्थापक प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि आरवी साइंस छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज देता है छात्रों को इसके माध्यम से पूरी जानकारी मिलती है उन्होंने कहा जब भी छात्र जॉब या किसी कंपनी में जाएंगे तो उन्हें हर चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज होगी जिससे वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी को दे पाएंगे जी देखिए जब मैंने टीचिंग फील्ड छोड़ी थी तो मैं बेसिकली इसी चीज़ से त्रस्त था कि अब छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम मिलता है तो मैंने जब अपनी रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग सेंटर चालू किया मैंने और मेरी वाइफ ने तो हमारा उद्देश्य यही रहा कि जो चीज़ इंस्टीट्यूट्स नहीं दे पा रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज वो किसी तरह से हम स्टूडेंट्स को दे सके तो हम बहुत ही मिनिमम फ़ीस में बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकली जैसे हम कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराते हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेशन पे कम बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि हर बच्चा वो जब वो टेक्निक वो खुद करेगा तो वो उसके बारे में अच्छे से समझ पाएगा तो हम हर बच्चे से वो प्रैक्टिकल इंडिविजुअली कराते हैं तो उस प्रैक्टिकल से उसको एक कॉन्फिडेंस आता है बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जो इंडस्ट्रीज़ में मिलते हैं जो कॉलेज वाले में कॉलेज में अगर हो भी तो कॉलेज उसको छूने नहीं देता है क्योंकि दे कॉस्ट अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव लैक्स तो हम उन इंस्ट्रूमेंट्स पे भी बच्चों को एक्सपोजर देते हैं और बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करने देते हैं इससे जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकता है और सही रिजल्ट उससे ला सकता है तो हमारा उद्देश्य यही और हम चाहते हैं कि अगर सौ बच्चों में से एक बच्चा भी हमारे पास आता है और वो सीखता है तो हमारा उद्देश्य इसमें पूरा होता है तो आज जो है हमारा वर्कशॉप है ये ज़रूर एक डेमॉन्स्ट्रेशन वर्कशॉप है क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट आए हैं वो तमिलनाडु से आए हैं और हम लोग इस चीज़ को अच्छे से नहीं जानते तो वो सी एस के चीफ साइंटिस्ट रह चुके हैं और अराउंड ट्वेंटी लैब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने ट्रेनिंग इसी सब्जेक्ट पर वर हासिल की है तो हम उनसे ये नहीं बोल सकते कि हर बच्चे को इंडिविजुअली करा सके। तो आज इसीलिए हमने ये सेशन डेमॉन्स्ट्रेशन का रखा है फिर भी उनकी ये कोशिश है कि हर एक बच्चा कम से कम उस पूरे प्रैक्टिकल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको अपने आप आके करें मैं बहुत थैंकफुल हूँ आरबी साइंस लेबोरेटरीज भोपाल में जिसमें मिश्र सर हिसम मैम बहुत डेडिकेटेड के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं बारह तेरह बच्चे हैं ये लैब इतनी सफर्ती के दें है इतनी क्वालिफाइड है कि नंबर ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कोई भी बच्चा इवनली ऑल ओवर इंडिया से अगर बच्चा कुछ भी सीखना चाहता है फार्मेसी फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में तो वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और इट्स अ ग्रेट एक्सपोजर फॉर एस की बहुत अच्छी वर्कशॉप है सी से चेन्नई से, से वहाँ साइंटिस्ट आए हुए हैं तो जो हमारे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ की बात मुझे यहाँ आने का बहुत बड़ा एक अच्छा योगदान मिला है अपने प्रिंसिपल सर के द्वारा जो कि टी और कॉलम क्रोमोटोग्राफी और जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पे यहाँ पे कुछ सीखने को मिला है हम लोगों ने आज एस एन सेंथल कुमार सर जो कि आरबी वहाँ पे रिसर्च सेंटर में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के बारे में सीखा टी एल, सी बारे, टी एल सी के बारे में भी सीखा उससे जो नॉर्मल पालक है उससे स्पेनिज के द्वारा कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट निकाले जाते हैं